वो करना चाहती कराइन भी बैठा मस्ती में कभी तो फिर आग लगी बस्ती में तो जो इतनी बॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन वो करना चाहती